जली को आग बुझी को राग कहते हैं कि जली को आग बुझी को राग कहते हैं, और बेटा ज्यादा फ्री फायर फ्री फायर मत कर पबजी में आकर देख जो एक पर को में कर ले। उसे पबजी का बाप कहते हैं तेरा बाप हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है